कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है और मैं तुमको तुम्हारे वसूलों का कसम देता हूँ मुझको मजहब की तराजू में ना तोला जाए मैंने बस इंसान ही रहने की कसम खाई है